थाँग। थाँग। सिर्फ दस बारह लुखेलो को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ अपन ने जिन, जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे